से फिनिश करती दी हूँ आप जल्दी से इसकी रेसिपी नोट कर लीजिए और जल्दी से इसे बनाइए ट्राई करिए मेरे तो रुका नहीं जा रहा है बहुत ही लग रहा है हम्म mm. सुपर बहुत सारे फ्रूट्स जो फ्रूट चाट में बहुत सारे फ्लेवर आएंगे वाटर मिलन ग्रैप्स मस्क मिलन और मैंगो मैंगो तो आजकल चल रहा है बहुत कुछ तो हमें बस क्या करना है इसको चॉप कर देना है तो बस जादू करके चॉप कर तो हम एक कटोरी लेंगे और उसमें हम अपना डालेंगे डसना मिल रहा है टैंग मिल रहा है कुछ भी मिल रहा हो आप ले लेंगे और इसमें थोड़ा पानी ऐड करेंगे और सिरप तैयार करेंगे एक बाउल लेंगे और उस पर हम अपना हाशी सिरप डालेंगे फ्रूट्स डालेंगे पहले मैं डालूंगी अंगूर फिर डालेंगे मैंगो और फिर डालेंगे मस्क मिलन खरबूजा और फिर ऊपर से वाटर मिलन किशमिश जो मैंने बहुत बारीक सी चौक करके ऑलरेडी रेफर कर किए वो डालेंगे थोड़ी सी और चाहें तो आप पीनट भी डाल सकते हैं और ऊपर से हाथी शेरप की ग्रेप्स ले और उसको बीच में से कट कर ले इस तरीके से डेकोरेट कर दे देखिए वाओ यम्मी सी हमारी फ्रूट चाट विद ऑफ फुल ऑफ फ्लेवर तैयार है तो कौन कौन ट्राई करेगा मेरे साथ तो देखिए सी फ्रूट चाट मिक्स फ्रूट चाट तैयार है इसमें बहुत सारे फ्लेवर हैं आप लोग घर पर ज़रूर ट्राई करिएगा बहुत मज़ा आने वाला है आपको इसे खाकर मुझे तो बहुत मज़ा आने वाला है क्योंकि मैं इसे ट्राई करने जा रही हूँ तो लीजिए हमने लिया एक स्पून और मैंने हम्म यमी सी बहुत गमी है एक बार आप ज़रूर ट्राई करिएगा मज़ा आ जाएगा आपको खाकर